आज मैं आपको बताने वाला हूं कि HDFC नेट बैंकिंग की पासवर्ड को कैसे रीसेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोन ब्राउज़र पे जाते हैं प्रोन ब्राउजर पे हमें सर्च करना है HDFC नेट बैंकिंग हमारा ये टाइप करते ही नेट बैंकिंग ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद सबसे ऊपर में ही हमारा ये देगा तो मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ यहां पे देख सकते हैं आप जैसे कि सबसे ऊपर में ही दिया हुआ है हमारा नेट बैंकिंग एच डी एफ सी बैंक तो यहाँ पे जाने पर सबसे पहले देखिएगा रेड कलर में आपको दिखाई पड़ेगा कंटिन्यू टू न्यू लॉग इन पेश फॉर नेट बैंकिंग यहां पर हम उसको okay करते हैं यहां पे जाने के बाद आपको अपने आई डालना है तो आपका जो भी आई है वो अपना डाल देंगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू करने के बाद हमारा पास यहाँ पे आता है पिन कोड या पासवर्ड करके अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे फॉरवर्ड करना है हम फॉरवेड करके फॉरवेड करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो भी आईडी है वो आईडी नंबर डालना है आईडी नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस करेगा यहाँ पर किया हुआ है कि आपको जो ओ चाहिए वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चाहिए या फिर आपका आपका ई मे पे चाहिए हम मंगाते हैं अपने मोबाइल नंबर पे, ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले वो ये सिलेक्ट करते हैं अपने मोबाइल नंबर पे और फिर तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक में जो भी डाला हुआ है वो आपको डालना है तो यहाँ पे हमारा है सी थ्री टी एफ एफ ये फिर कंटिन्यू हल कर देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे करने के बाद आपको इस तरह से मोबाइल नंबर डालने के लिए आएगा ब्लैक बॉक्स पर तो आपको नंबर यहाँ पे टाइप कर देना तो हम अपना नंबर वो टाइप करते हैं ये डालने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे दबाना है कंटिन्यू पे जाते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको वन टाइम पासवर्ड आपको मिलेगा यहाँ पर हमारा पासवर्ड आ जाता है हमारा पासवर्ड है यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं अपना यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड डाल देते हैं पासवर्ड डालने के बाद हमारा ये जो कार्ड है ये यहाँ पे कार्ड नंबर आपका आ जाता है तो कार्ड नंबर पर हम नोट करते हैं मुण्यूं? यहाँ पे आने के बाद हमारा सबसे पहले एटीएम टी एम का ए टी एम पर है वो आपको डालना है जो भी आपका पासवर्ड हो जो भी पासवर्ड हो वहाँ पर आप डाल दीजिए डालने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का कर देखता है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड आना है न्यू पासवर्ड पर आपको जो भी आपको स्ट्रॉन्ग डालना है जैसे आपको कोई भी आप जैसे मैं अक्षता हूँ रांची थ्री फोर ये हमारे स्टॉल पास वक्त आता है तो इसी तरह हम डालते हैं एक पहला अब्शा जो है वो कैपिटल में होगा गया पहला वर्ड क्योंकि हम देखते हैं रांची एड ग्रेट वन टू थ्री फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू पे आ जाते हैं कंटिन्यू पे आने के, के बाद हमारी ये खुल जाता तो मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे फॉरगेट नहीं करता हूँ ठीक है अगर हमारा चैनल अच्छा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो